एक सोशल मीडिया में एक माला संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति है उसने सोशल मीडिया में के माध्यम से कुछ अनर्गल बयानबाजी की थी कोविड को लेकर कोविड महामारी को लेकर उससे जनता में कोविड के प्रति एक भय फैलने की संभावना थी जिसको संज्ञान में लेते हुए कोतवाली इंस्पेक्टर द्वारा एक मुकदमा संबंधित अभियोग में पंजीकृत कराया गया था और जो व्यक्ति जिसने टिप्पणी की थी उसके बारे में पता किया गया तो जौनपुर का रहने वाला था और चेन्नई में उसकी लोकेशन थी पुलिस टीम चेन्नई गई वहां माननीय न्यायालय से उसने अनुमति ली अनुमति लेके पश्चात उसके हालांकि न्यायालय के समक्ष किया जा रहा है और इसमें जो भी अग्रिमविधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा कितना पुराना ये वीडियो बताया पर, तिस तिस बता पर था। ये ये वीडियो में बेसिकली ये कोविड के बाद की ही वीडियो है और सेकंड वेब के बाद की वीडियो है उसमें बहुत सारे कंटेंट है कि बहुत सारे लोग ये हो जाएगा वो जाएगा उसमें गैर वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारी बातें कही गई हैं और उन सारी चीज़ों को बेचना उसकी की जा रही शामिल किया जा रहा है एक सक्षम टीम के द्वारा और अग्रिम कार्रवाई जैसे होगी आप लोग को उससे अवगत करा जाएगा और लोग भी हैं इनके साथ सिंगल भी हैं नहीं केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने वीडियो अपलोड किया था और इसके आगे अगर कुछ होगा तो वो विवेचना में निकल कर आएगा सरकार केस दर्ज किया नहीं या किस नहीं पुलिस ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है सोशल मीडिया में वीडियो लगातार फैल रहा था तो कई लोगों ने उनसे हमसे और बाकी जगह संपर्क किया इस तरह की वीडियो है जिससे ऐसा माहौल हो रहा है तो उनकी बात को सुनते हुए स्वतः संज्ञान में लेकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत किया गया सर कहाँ से गिरफ्तारी भी कहना चाहिए चेन्नई से गिरफ्तारी हुई है उसमें महामारी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत